का फास्ट ब्लॉग वायरल जा रहा है लेकिन मेरा नहीं गया हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग तो दोस्तों आज सोच रहा था मेरा एक दोस्त के घर जाऊँ तो वो बुला रहा था तब तो सोचा एक ब्लॉग बना लू और मैं कहा हूँ आप लोगों को दिखाऊँ और एक आप लोगों से बात करनी है तो इसलिए बना रहा था देखो दोस्तों ये एक तालाब है देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है तो दोस्तों बात यह है कि सबका फास्ट ब्लॉग वायरल जा रहा है लेकिन मेरा नहीं गया पता नहीं क्यों क्या हो गया तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे भी नहीं पता लेकिन YouTube में वीडियो मतलब कैसे अपलोड करूँ कुछ पता नहीं है लेकिन मेरा फास्ट ब्लॉग वायरल नहीं गया तो आप लोग थोड़ा मदद मदद कर दो कि कैसे वायरल करूँ क्या करूँ आप लोग थोड़ा कमेंट करके मुझे बता दो तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों तो आप लोग मजे करो खुश रहो टाटा